ये वायरल वीडियो बीच दिसंबर का है इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शादी के महफिल में दुल्हा दुल्हन का जमायल हो रहा है और सामने में मफिल में बैठे एक शख्स मुंह ढककर राइफल से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस शख्स को पुलिस का बिल्कुल भय नहीं दिख रहा है और ये लगातार फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के सहरसा में दिनों हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में छेडीस ऐसी वायरल हो रहा है खुशी का माहौल गदल सकता था लेकिन इस शख्स को बिल्कुल इससे कोई लेना-देना नहीं है